हेलो गाइस तो कैसे हो सब लोग आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे मैं आपका भाई ऐसे गाएंगे आया हूँ आप लोग के लिए नया वीडियो लेके आज मैं आपको सिंपल सा दो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग का ना डिजाटेबल से इतना अच्छा हेड लगने लग जाएगा ना तो आप बोलोगे भाई क्या ही ट्रिक बताया गाई तो आपको ट्रिक अच्छा लगेगा तो आप ऐसे ही मत जाना मेरे को कमेंट में ज़रूर बता के जाना आप देख सकते हो कि मैं कैसे इतना आसानी से हेड मार रहा हूँ डिजाटेबल से देखो अभी बंदा ज़्यादा दूर रहेगा ना तो उसको क्या करना पड़ेगा एम रेड करके मारना पड़ेगा और बंदा पास में रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि बंदा पास में है मैंने वाइट एम करके अभी बंदे को हेडशॉट मारता हूँ ऐसे ही अभी दो तीन में ट्रिक दिखाऊंगा आपको जो मैं व्हाइट एम करके बंदे को हेड मारूंगा यहाँ पर देख सकते हो क्यों मैंने वाइट एम किया है और बंदा यहाँ पर खड़ा है मैं उसका भी हेडशॉट मारूंगा वाइट एम करके आसानी से लग जाएगा वाइट एम करके ना आप शॉर्ट रेंज से डिजेटेबल से हेड आसानी से मार सकते हो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं आपको और एक दिखा रहा हूँ जो वाइट एम करके मैं बंदे को मार रहा हूँ अभी मैं आपको रेड एम करके भी मार के दिखाने वाला हूँ बंदे को कैसे हड मारा जाता है आसानी से जैसे कि रेड एम लॉन्ग रेंज में फ़ायदा होने वाला है लॉन्ग रेंज में आप रेड एम डाल के मार सकते हो शॉर्ट रेंज में रेड रेंज करके मार नहीं सकते हो और वही मैं बताने वाला हूँ कि अभी जैसे ईजी से वाइट एम करके कैसे मारा जाता है वैसे ही मैं रेड एम करके भी डिजाटेगल से ही देखो यहाँ पे मैंने रेड एम किया है बंदा लॉन्ग रेंज में है और उसमें आसानी से हेड शॉर्ट मार लूँगा ऐसे ही आप आसानी से हेडशॉट मार सकते हो देखो इस बंदे को भी रेड एम पे रखा है और हेड शॉर्ट लग जाएगा लॉन्ग रेंज में बंदा रहेगा ना रेड एम आपको करके मारना है और शॉर्ट रेंज में रहेगा तो एम वाइट करके मारना है अगर ए दोनों आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया ना डिजाटेबल चैनल के टेप पर तो आप आसानी से मतलब एकदम इजी से इजी से हेडशॉट मार सकती हूँ इजी से तो वीडियो अच्छा लगेगा और आपने चैनल पे नए हो तो एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना बल्कि मेरा जो अगला वीडियो टिप्स एंड ट्रिक के ऊपर आएगा वो सबसे पहले आपके पास आए और वैसे मैं अभी आजकल लाइव स्ट्रीम निकालने वाला निकाल रहा हूँ तो जो भी मैं इंटरेस्टेड है मेरा लाइव स्ट्रीम देखने के लिए वो मेरा लाइव स्ट्रीम आके देख सकता है और टीम को लेकर मेरे ग्रुप में भी आके मेरे साथ खेल सकता है फाइनली मैं बोल रहा हूँ कि आप डिजाटिकल से हेडसेट मारने का सीख गए और साथ में स्पीड ग्लोल लगाने का भी सीखना चाहिए क्योंकि डिजाटिकल का यूज़ सिर्फ कस्टम में हो सकता है कस्टम में होता है और सी एस रैंक भले ही हम लोग सी एस रैंक ज़्यादा नहीं खेलते फिर भी मैं डिजाटिकल अच्छा खासा चला लेता हूँ वैसे ही मैं अपने फैंस को भी अपने सब्सक्राइबर्स को भी सिखाना चाहता हूँ जो टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास है जो टैलेंट मेरे पास है वो अपने सब्सक्राइबर को भी सिखाना ही बड़ा टैलेंट रहता है जैसे कि अभी आप लोगों को मैं बता दूँ गाइस हर एक यूट्यूबर अपने माँ बाप का कसम देता है लेकिन मैं माँ बाप का कसम नहीं देता हूँ क्योंकि बल्कि मेरे को अपने यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स के ऊपर भरोसा है क्योंकि वो लोग वीडियो अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब और लाइक करें मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक और अच्छा लगा तो आप मेरे को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो भाई कमेंट करके बता देना अच्छा नहीं है आपको ये सुधारना है आपके चैनल के अंदर इतना बताओगे तो गाइस मैं अपना कोशिश में जारी रखूँगा मेरे लिए कोई टिफिन है आपको कस्टम में ग्लोअल स्पीड नहीं लगाना आता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा रखाऊँ आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो और मेरे चैनल पे प्रोफाइल पे भी देखो जाके वीडियोस तो आप लोग को ना हर एक चीज़ का टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा फ्री फायर के अंदर का अभी फाइनली देख सकते हो कि मैं कितना ईजी से कितना ईजी से हेडसर्ट मार पा रहा हूँ डेजर टेकल से ऐसे ही आप जो मैंने जो जो ट्रिक्स के बारे में बताया रेड एम और वाइट एम जो रोटेशन करने का तरीका है ना मेरा फायर बटन देख सकते हो मैं कैसे रोटेशन करके हेड शॉट मार रहा हूँ उसके फायर बटन का भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे रोटेशन करके हेड शॉट मारा जाता है देखो आप मैं आपको रोटेशन का ड्रैग बटन का दिखा रहा हूँ ड्रैग बटन मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कैसे ड्रैक कर रहा हूँ ये देखो ठीक है ये ये जो ड्रैक करने का तरीका है ना आप सीख जाओगे ना सिंपली सीख ड्रैक करने का तरीका आप अगर सीख गए ना गाइस सिंपल आप अगर सीख गए ना तो का आपके जितना हार्ड है शॉर्ट कोई नहीं मारेगा आपके जैसा कोई हार्ड ही चीज नहीं है समझो इतना इजी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग ना कोशिश करो ट्रेनिंग में जाओ कोशिश करो ट्रेनिंग में खेलो अगर आप कोशिश करोगे तो काफी सफलता आपको जरूर मिलेगी मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते थे अरे जा तू क्या करेगा तो क्या कर पाएगा फिर भी मैं कोशिश कर वीड़ो, वीड़ो रहा हूँ मेरा वीडियो पिछले वीडियो पर देखना सिर्फ हार्ट लाइक आए सौ लोग देखे तीन घंटे का पास टाइम ओवर आया है लॉन्ग वीडियो उड़ फिक कैसे हटचॉट मारा जाते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था लेकिन 100 व्यूज आए व्यूज आए लेकिन 100 व्यूज आए लेकिन उसके अंदर मेरे को आर लाइक मिला है सिर्फ फास्ट टाइम और तो तो सिर्फ थ्री घंटे का इतना मेहनत करने के बावजूद भी एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करने में किसका